बाकी बच्चे बेटे अलहमदुल्लाम बेटर वालेकुम जी, बेटे वालेकुम असला अलहमदुल्ला बेटे बेटे अभी भी सिर्फ 26 हुए। हाँ आज मुझे लगता है मेरे साथ इधर नेट के इशूज हो रहे हैं दो तीन दफा ये हाँ जी वाला अब आवाज आ रही है बेटे मेरी आ रही होगी हाँ नहीं वो मैं मेरी साइड से डिस्कनेक्ट हो रहा है तो अब आ रही होगी अच्छा यू हैव यू स्टिल है सीआर Okay, we'll, we'll start, पहले मैंने कुछ जरूर बातें करनी है, अच्छा है।, है ना यूट्यूब पे हर चीज के एनालिटिक्स हैं आई डोट नो इफ यू नो दिस बट आई एम टेलिंग यू दिस हर चीज नजर आती है ठीक है तो मैंने आज सुबह जब देखा आ, आप लोगों में से कितने लोगों ने वीडियो वॉच की है तो वो बल्कि बमुश्किल घंटा पहले मैंने चेक किया तो 40 के करीब लोगों ने वो वॉच की थी अब अगर कर, ये भी कंसीडर कर लिया जाए कि वो 40 के 40 आप ही हैं और और भी जो बाक़ी लोग हैं दुनिया में या पाकिस्तान में कहीं और किसी ने उसमें से हिस्सा नहीं डाला लास्ट अड़तालीस घंटों का डाटा भी अलग से आता है लास्ट साठ मिनट का भी डाटा अलग से आता है ठीक है तो बेटे बात सामने होती है ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है ना काफ़ी एडवांस हो गई है तो मुझे पता चल जाता है कि लास्ट 60 सेकेंड में कितने लोगों ने वॉच किया है लास्ट 48 एट आवर्स में कितने लोगों ने वॉच किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो मेरा काम आपको पुलिस करना नहीं है अ, मेरा काम आपको गाइड करना है आपको पढ़ाना बहुत बड़ा वर्ड है पढ़ता बच्चा खुद है हम मैं सिर्फ गाइड करता हूँ ठीक है ना और हम इस वक्त एक कोविड के बड़े सीरियस सिनेरियो में है थर्ड वेव जो है वो पीक कर ओके आज मुझे लगता है मेरी तरफ से मसला होगा एनीवे anyway, मैं कह ही रहा था कि अल्लाह करे फिजिक क्लासेस शुरू हो जाएं लेकिन मुझे ख़दशा है कि जिस तरह से ये रेट ऊपर जा रहा है इन्फेक्शन का आ, मुश्किल होगा कम से कम एक वीक के बाद तो खुलना मुश्किल होगा कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन के साथ आपको अपना डिसप्लिन कायम करना पड़ेगा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इजी ले लें इस चीज़ को कि जी चलो जब चाहे हम देख लेंगे बेटे घर पे बैठ के ना वो जब चाहे नहीं आता आपको ना ये मैं प, आपकी पुरानी क्लास को भी मैं बहुत करता था एमबीबीएस के साथ हम लोगों को काफ़ी शुरू में मसायल पेश हुए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी वही दोबारा से मसले मसायल पेश हों बा यह होती है कि घर वालों को ना बताना पड़ता है समझाना पड़ता है कि जी मैंने पढ़ाई करनी है मैंने दही नहीं लाके के दे, दे सकता मैं आपको या बच्ची जो बच्चियां हैं वो घर का काम जरूर करें लेकिन बात ये है कि जो पढ़ाई का वक्त है ना वो अपने घर वालों को बता देना है कि जी ये मेरी पढ़ाई का वक्त है आप समझे मैं कॉलेज में हूँ ठीक है मैं भी सर घर में बैठा हुआ मैं हमारे इंटरनेट जो है हमारे ऑफिस का वो इतना इतने जोगा नहीं है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सके मतलब जो हालात हैं बेटे प्रैक्टिकल वही है इंटरनेट फर्स्ट क्लास है तो मैं घर में बैठा हुआ आपको इसके बाद फिर मैं जो मेरे काम होते हैं करता हूँ तो मैं वक्त निकालता हूँ ना मैं डेडिकेट करता हूँ अपना वक्त अलग से मैं घर वालों को मैं दरवाजे से बंद किया हुआ मैंने घर वालों को मैंने मना किया हुआ कि आपने अंदर नहीं आना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना तो मैं मानता हूँ मैं समझता हूँ कि आप जहा आप बच्चे हो आप अभी अब ज़रा उस लिहाज से आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते लोगों को या अपने आप को तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये नहीं सही बात कि सिर्फ बच्चे जो घंटा पहले चालीस का काउंटर था और उसके बाद जो सितम जरिफी है वो ये कि उसका काउंटर बढ़ना शुरू हो गया हैं और 40 से जनाब इस वक्त 77 पे है मैंने ज़रा सा दो जुमले मैंने व्हाट्सएप पे लिखे और साथ मेरे पास खुला हुआ था सारा एनालिटिक खुले हुए थे वो इंक्रीज होना शुरू हो तो बेटे कौन सी इंटरनेट का मसला है मुझे तो नहीं लगता को बहुत सीरियस मसला है इंटरनेट का इक्का दुक्का बच्चों को होगा मैं उसको रिडिनय करता लेकिन मुझे ये समझाऊ ना कि वो जो दो मैंने जुमले लिखे थे उसके बाद फोर्टी से सेवनटी सेवन कैसे हुआ काउंटर तो कहीं ना कहीं तो बुताई हो रही है आपकी तरफ से ना तो ये ना करो ये ना करो मैंने तमीज इसलिए कोविड की बात दी है कि शायद यही तरीका होगा आगे का भी कम से कम कुछ वीक्स और ठीक है वो तो आपको शुक्र करो आप मेरे साथ हो इस वक्त मैं अलहमदिल्ला ऑनलाइन भी समझता हूँ बातें और मैंने अपनी रिसोर्सेज ऑनलाइन ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी लास्ट ईयर मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि गड़बड़ होगी मैंने रिकॉर्डेड लैक्चर्स इसलिए डाले हुए हैं कि खुदा न खास्तः अगर हम ये लाइव भी ना मिल सकें तो आपका हर्ज ना हो और वो डिटेल लेक्चर्स हैं अगर आप उनको सुनना सुनने की अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से सुनो वो डिटेल लेक्चर्स हैं उसमें सिर्फ मैं तस्वीर में नहीं आता लेकिन आवाज़ और वो जो डिटेल है और आ, मेरे जहन में यह होता है कि शायद बच्चों के ना दिमाग में ये सवाल आया हो या ये, ये सवाल आया हो ठीक है तो मैं उसको करता रहता हूं एंड यू ऑलवेज नहीं देखना year के year में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्होंने आपका तुन के प्रो, प्रोफेशनल एग्जाम लेना है आपने सीनियर से पूछो ना उनसे जरा गपशप लगाओ सिर्फ फजूल गपे ना लगाया करो पढ़ाई की बात भी कर लिया करो उनसे पूछो उनका प्रोफ कैसा हो रहा है कैसा हुआ है उनका मखल टेंथ का हुआ था फिजियोलॉजी का उनसे पूछो तो यूनिवर्सिटी नहीं बेटे देखती कि क्या हुआ था इंटरनेट का मसला था ये था वो था आप लोगों को फुर्सत नहीं थी वगैरह यूनिवर्सिटी का कोई सरोकार नहीं और आपकी सोच है कि कितनी जल्दी टाइम गुजरता है ठीक है न और प्रॉफ सर खड़ा होना है और फिर वही टाए टाए फिश है और मजे की बात जो तुर्रा इम्तियाज़ आप लोगों का है आप लोगों का जो कोर्स है उसका ये है कि आप लोग एम सी क्यू बेस्ड हो सारे ठीक है ना आप यकीन करो सबसे ज्यादा फिकर जो है ना मुझे अपनी तमाम क्लासों में बी एस सी एम एल डी की होती है क्यों बेटे आपके पास कोई बफर नहीं है बफर समझते हो आपके पास बचने का कोई वो वो, वो रास्ता ही नहीं है लिख के जब एस सी क्यू वगैरह होते हैं ना तो लिख के आदमी कोई कुछ कहीं से कहीं कवर कर लेता है एम में आप क्या करोगे एम में या तो आता है या फिर नहीं आता या तुक्का लगेगा या नहीं लगेगा तो ये मसला होता है जी बिल्कुल शाबाश सी आर वेल डन आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने एक्चुअली सिलेबस पढ़ा है और आपको पता है आपके इस टीचर ने यूएचएस वालों को लिखा था जब ये सिलेबस आया था कि जी ये सिलेबस है ये तो पीस ऑफ जंक है ट्रैश है इसको कचरा फेंक देना चाहिए नहीं मैंने लिखा नहीं था ये लिखा मैंने ये था कि ये आपने क्या बनाया है इसकी तो कोई बिल्कुल सही कहा है इस इसकी कोई तर्तीब ही नहीं है आप सर्कुलेशन का देखो आप रोना शुरू कर दोगे सर्कुलेशन का ऐसे ये बिल्कुल ज्यादती है इनकी गलत बात और लिखा भी था उनको आ, हमने डिपार्टमेंट के लेवल पे भी लिखा था कोई जवाब कोई पजीराई नहीं हुई तो फिर हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो मैक्मम हम दे सकते हैं वो करते हैं जाहिर क्योंकि हमें बच्चों तो सबको अजीज होते हैं, हैं। uh, तो हो तो हो सुबह फोर्टी जो था ना काउंटर ये, सही बात नहीं है और ज्यादा बुरी बात उसमें प... anyway, काफी है मेरा बार बार रिकनेक्ट हो रहा है मसला आपका नहीं है मेरा है अरुणो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा uh, मेरा मेरा स्टेबल नहीं है बेटे नेट मेरा स्टेबल नहीं कनेक्टिविटी मेरे मेरे, मेरे साइड से हो रही है एनी हाउ अब मुझे लगता है आज कुछ ऐसा ही चलता रहेगा तो प्लीज सीरियस हो जाए ऑनलाइन uh, uh, जो टीचिंग है ना आप ये इमेजिन करें कि आपने जहन में अच्छाइए रख लो शायद इन लेक्चर्स का या सर्कुलेशन आदि सर्कुलेशन का ऑनलाइन ही हो हमें फिजिकल क्लासों का टाइम ही ना मिले आप ये अस्यूम करो दुआ जरूर करो लेकिन बेटे वर्स के सिनेरियो के बेसिस पे प्लानिंग की जाती है बेस्ट के सिनेरियो पे नहीं प्लानिंग की जाती जिंदगी में भी पढ़ाई के अलावा भी आप ये सोचो कि जो आप चाह रहे हो अगर वो कंडीशंस ना हो, तो फिर आप अपना हदफ कैसे पे जाओगे ठीक है तो वर्ष के सनारियों जो है वो आ, आ, आ, उसके उसके लिहाज से प्लानिंग की जाती है और वर्ष के सीनारियों है कि ऑनलाइन ही है ठीक है ना और इतना बुरा नहीं है अगर आप अपने अपने आप को अप्लाई करो ठीक है टाइम मैनेज करो टाइम टेबल एक बनाओ घर वालों को समझाओ समझाओं को बराजमान है मेरिट में है माशा वेल डन लेकिन कितने पीछे बच्चे छोड़ के आए हो आप इस सीट पर बैठने के लिए तो जहाँ आप को ये बात बड़ी वो एक तरह का आपको महसूस होता है कि बड़ा आपने तीर चला दिया है जो कि चलाया है माशा अच्छी बात है मेहनत करके आए हो लेकिन आप इसकी जिम्मेदारी का भी एहसास करो ये सीट आपसे आप कुछ एक्सपेक्ट करती है ठीक है ना तो प्लीज़ मेच्योर हो जाए फोकस करें यूर फर्स्ट ईयर अभी अभी आप आए हैं सर मंडाते ओले पड़ गए हैं आते ही कोविड ने फिर हमें ऑफ कर दिया है या सॉट ऑफ चेंज कर दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहता डांटना नहीं चाहता लेकिन जरा थोड़ा सा ध्यान ठीक है अच्छा अब क्विकली मैं रैपअप करूंगा क्योंकि आज टाइम का भी कमी है देखता रहूंगा व्यू काउंट अगर पूरा नहीं होगा तो मैं आ, मेरे लिए मुश्किल होगा बेटे उस दिन वो लेक्चर कंप्लीट अपनी उसकी तमाम कलर के साथ देना ठीक है ना क्योंकि ये लेक्चर मुझे लगता है हर 10 मिनट बाद मेरा डिसकनेक्ट हो रहा है अच्छा कल एक ख़बर भी थी ना कि वो फेसबुक वगैरह दुनिया में ऑफ हो गए थे कुछ देर के लिए व्हाट्सएप भी मैं कुछ उसका चक्कर आई डोंट नो एनी हाउ आई एम बैक आई एम बैक ठीक है तो अब बेटे लीड्स में आपने सिर्फ इतना ये करना है मैं लीड्स नहीं पढ़ा सकता आज टाइम का बिल्कुल बंदिश है लीड्स में आपने सिर्फ़ ये करना है कि जो एक डायाग्राम है ना जिसमें मैंने तीनों व्यूज़ दिखाए हुए हैं बायपोलर लिम लीड्स दिखाई भी हैं ऑगमेंटेड लिब लीड्स दिखाई भी हैं और uh, तीसरी मैंने दिखाई हुई है चेस्ट लीड्स ये एक स्लाइड है जिस पर लिखा हुआ है ईसीजी लीड्स एंड आइनथोवंस ट्रायंगल ठीक है ये ये आपने थोड़ा सा देख लेना है बाद में खुद ही से मैं इस पे पूरी कॉमेंट्री मैंने की है uh, इसके साथ कि कौन सी लीड कौन सी है आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि बायपोलर लिब लीड्स क्या होती हैं कौन सी होती हैं किधर लगती हैं अगर ये भी कर लो तो ठीक है लेकिन पत, सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी बायपोरल होती, होती है और किधर होती है ये आपको होना चाहिए। आप डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है और चेस्ट लीड जो है वो किधर लगती है और वो कौन कौन सी होती हैं वी वन से लेकर वी होती हैं छ होती है टोटल बेटे बारह लीड का एसीजी होता है ठीक है मैं आपको इसकी थोड़ी सी बातें बताता हूँ ताकि आपको कुछ पल्ले पड़े के ये भाई ये एक दो लीड्स क्यों नहीं होते हैं? ये पूरी बारह लीड्स क्यों होते हैं तो बेटा आप ये देखो कि थॉरक्स में ना हार्ट बीच में सस्पेंडेड है तो उसकी तीनों डायमेंशन हैं थ्री है ना वो हर चीज हमारे यहाँ तो थ्री है आप और मैं इस वक्त जो स्क्रीन पे हैं वो टू है थ्री नहीं है थ्री डी उस जब मैं आपको एक एज ए हॉलोग्राम नजर आऊँ जैसे थ्री हम देखते हैं जब आ, जब हम फिजिकली एक दूसरे को देखते हैं वो हम कंप्लीट थ्री डायमेंशन में देखते हैं ठीक है अगर जब जैसे हम स्क्रीन पे आते हैं तो हम टू डिमेंशन में आ जाते हैं ठीक है तो हार्ट को हम चाहते हैं कि हम हर लिहाज से देखें थ्री डी में देखें ताकि हमें पता चले कि इसके चक्कर क्या चल रहा है इसके अंदर खुदा न खास्ता गर, अगर अगर खुदा न खास्ता इस्कीमिया इसके अंदर हो गया तो वो स्कीमिया किधर हुआ है एग्जैक्टली किधर हुआ है ताकि हम उसके लिहाज से उसको मैनेज कर सकें ठीक है तो ये जो बारह लीड्स हैं आप ये देखें आप ये समझें इस बात को कि ये जाविए हैं ये फर्स्ट लीड जो है ना वो हार्ट को इधर से देख रही है सेकेंड लीड हार्ट को इधर से देख रही है थर्ड लीड बायपोलर की बात कर रहा करो हार्ट को ओके आई एम बैक हेलो बच्चो ओके मैंने बायपोलर लीड्स की बात कर ली आई होप कि ये सारा रिकॉर्ड भी हो गया हो तो इसको दोबारा से भी देख सकते हो आप ठीक है जो ऑगमेंटेड लिम लीड्स हैं आप ये समझो कि वो बायपोरल लिम लीड्स को ज्यादा वोल्टेज देके, ज्यादा डाटा के लिए लगाई जाती हैं। है लीड्स में ही ऑगमेंटेड लिम लीड्स होती हैं बस ये याद रखना हम उनका आप समझो सिग्नल सिग्नल इन्हेंस करने के लिए ऑगमेंट ऑगमेंट का मतलब होता है मदद करना तो ऑगमेंटेड लिम लीड्स जो बायपोरल लिम लीड्स हैं उनकी हेल्प के लिए हम यूज करते हैं ताकि हमें ज्यादा डाटा मिले बस इतना काफी और कितनी होती है बस वो आपको बता होना चाहिए नाम क्या होते हैं उनके जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो सबसे ज्यादा मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं उस बात को क्लैरिफाई करती हैं अगर आप उनकी वो देखें ओरियंटेशन देखें तो वो हार्ट के अब ये ये यहाँ पर मेरा राइट है ये मेरा राइट है ठीक है ना ये राइट से लेकर यहाँ तक जाएंगी पूरा इस पूरी जगह पे जाएंगी वो लिम लीड्स चेस्ट लीड्स वो हार्ट को ना फ्रंट से पूरी तरह से स्कैन करती है। तो यह पोजिशन होती है लीड की यही हर चीज होती है मिरर लगा दिए हार्ट के अराउंड ताकि आपको मैक्सिमम तरीके से हार्ट को व्यू करने में आसानी ठीक है बेटा ये हो गया लीड्स का काम मैंने अरिदनियाज में आपको सिर्फ दो चीजें बतानी थी शुक्र है मुझे याद रह गया टैकी और ब्रेडी कार्डिया आपका नॉर्मल हार्ट रेट इज अराउंड 72 बीट्स पर मिनट अब जो बात एडिशनल है वो सुन लो टैक इज इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट तो ये 72 से लेकर 100 तक हम ये नो मैं लैंड है ये नॉर्मल हार्ट रेट ही कहलाता है किसी भी वजह से आप खाना खाते हैं या हल्का सा एंक्शस होते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है लेकिन अगर हंड्रेड से नीचे नीचे है तो हम उसको टैकी कार्डिया नहीं कहते टैकी कार्डिया हम उसको कहते हैं जब हंड्रेड बीट्स पर मिनट से ऊपर चला जाए तब हम कहते हैं बंदे को टैकी कार्डिया हो गया यानी अब इसका कुछ देखना पड़ेगा भाई इसको क्या क्या प्रॉब्लम ठीक है तो टैकी कार्डिया इज इंक्रीज हार्ट रेट अब हंड्रेड बीट्स पर मिनट और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है ओके आई एम बैक अच्छा हर चीज चल रही है ये बस यूट्यूब का मसला हुआ अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल ओके okay. बात क्या कर करता था ब्रेडिकाडिया ब्रेडिक्डिया में स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट हो जाती है तो सिक्सटी से नीचे सेवेंटी टू से लेकर सिक्सटी तक तो चलो आ, कुछ हो जाता है लेकिन सिक्सटी से नीचे का जो हार्ट रेट है उसको हम लेबल करते हैं रेडी कार्ड ठीक है दिस रिम्बर अब हम सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है हाँ बेटे वो आज थोड़ा सा मसला है आई होप कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा ठीक है नाओ मैंने बेटा ये सवाल जो है ना मुझसे आप उसमें कॉमेंट्स में कर लेना अभी टाइम नहीं है मेरे पास इन सवालों के लिए ठीक है आज टाइम का शॉर्ट है नाओ अल्लाह आपका भला करे सर्कुलेशन हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है और बस दस मिनट है मैं, मैं चीता-चीता बातें कर देता हूँ सर्कुलेशन में पहले जो आ, मैं एक तमीद बांधता हूँ कि जी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजर को सी की क्या जरूरत होती है उसको आप एक दफ़ा सुन लेना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सर्कुलेशन के जो डिज़ाइन है वो कितना ज़रूरी है ठीक है उसके बाद जनाब अली मैं बात करता हूँ देख सकें मैं साथ साथ वीडियो को देख रहा हूँ वो इसलिए कि वीडियो को देख रहा हूँ कि आपके लिए रेफरेंस पॉइंट अब ये वीडियो है बेटे इन हालात में ये वीडियो ही आपका मेन टीचर है इसलिए मैं भी इसी को स्टिक करूँगा इसी को रेफ़र करूँगा हाँ अब आपने ये अल्लाह करे आप में से मेजॉरिटी जो इस वक्त तो ऑनलाइन तो है यह भी एक इशू है ना अब इस वक्त नज़र आ रहे हैं मुझे तो आपने ये देखा होगा कि मैंने एक डायग्राम बनाई है वो जो में में एक पंप लगा हुआ यह जो डायग्राम है यह मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या ओवरव्यू देने के लिए कनेक्टेड है।, है ठीक है और इस डाय को अगर आप थोड़ी सी तसली के साथ पढ़ लो या इसको समझ लो और इसकी जो मैंने काफी अर्क रेजी की है क्रिस्टलाइज करने में इसको समझाने में उसको जरा अगर थोड़ा से टाइम लगाओ वही बात है कि अलग से टाइम लेके ना अलग से कोने में बैठ के गौर से सुनो ठीक है ना चीज़ें सारी मैंने, मैंने मेंशन की हुई है मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ना पॉलिश करना था ठीक है ना आपको आपके सवालों के जवाब देना था ये डायग्राम है बेटे ये की, की है तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपने उन वर्ड्स को याद रखना है अगेन यू कैन ऑलवेज व्यू दिस वीडियो लेटर वो जो वर्ड्स हैं या वो जो असलाहत हैं या जो कॉन्सेप्ट वो आपने इस पे इस पे रख के समझने हैं अब एक बात जो है वो ये कि क्लोज्ड सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि सोचे आपकी इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम कैसे तो यानी क्या मतलब इस बात इसका मतलब ये ओपन नहीं है ये बहुत इंट्रिकेट है इसकी बहुत ब्रांचेस होती हैं। सब कुछ है लेकिन ये है क्लोज्ड लूप यानी जो यहां से ट्यूब शुरू होती है और ये यह डायग्राम बताने का मकसद यह है अगर इसमें सारी ब्रांचेस बताएं तो हम गुम हो जाएंगे इसमें ये इतना डिटेल्ड है आगे जाके जब कपिलरी लेवल पे जाता है तो इतनी ब्रांचेस हो जाती है कि आप मतलब गुम हो जाते हैं जंगल बन जाता है लेकिन सिंपल बताना इसलिए जरूरी है कि है ये क्लोज लूप तो जो हार्ट से आर्टरी आर्टीरियल सिस्टम पूरा शुरू होता है ये गौर करो वो ही जाके आगे वेन्स बनता है और वो ही वापस हार्ट में आता है ये है क्लोज सिस्टम का क्लोज लूप का मतलब ये है कि ये पूरा एक ही लूप है इसके दरम्यान में आप जो चाहे करें पूरे शहर डाल दें पूरे सिटीज डाल दें कोई मसला नहीं पानी जो आप जब छोड़ेंगे तो होता हुआ था वापस आएगा हार्ट में वो ही पानी कहीं और से नहीं So, इस ट्यूब का अगर आप गौर करें तो इसमें पॉइंट ए दिया हुआ है, है जी जो उस पॉइंट ए में आपने ये जो पंप लगा हुआ है इस पंप ने जो पॉइंट ए पे पंप किया है ना वो ही इस, इसमें पानी का। कांस अगेन यस आई नो वो करियर यह है कि ये 10-12 मिनट चलता है फिर ये बंद होता है फिर मुझे दो तीन दफा इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है फिर यह रिस्टार्ट हो रहा है आज कुछ मसला। से नीचे मेरा बेटा। Again, ये सवाल उस क्शन में कर लो मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा उनका लेटर अच्छा सर्कुलेशन का मैं बात कर रहा था कि जो पॉइंट ए से ब्लड वो पानी गुजर रहा है ना वो ही पानी पॉइंट डी पे आ रहा है अगर आप वो वीडियो दोबारा से देख लें या अगर आपको याद हो तो उसमें चार पॉइंट दिए गए ए बी सी और डी ए बी सी और डी ठीक है तो जो पंप वाटर को पुश कर रहा है और वो वाटर पॉइंट ए से गुजर रहा है वो ही वॉटर पॉइंट बी से गुजर रहा है वही सी से गुजर रहा है वही डी से गुजर रहा है मैं इस पे इतना एम्फरसाइज क्यों कर रहा हूं वजह है बेटे वजह वजह ये है कि इस सिस्टम में बाहर से कुछ नहीं आ रहा जो कुछ जो कुछ भी है अलिशा अलीशान बेटे सर्कुलेशन में अभी है हैं हम मुझे लगता है आपको डिले आ रहा है जो भी है लीड्स से मुतल सवाल मुझे आप वो जो वीडियो है ना लीड्स वाली उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो ठीक है अभी हम सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं YouTube बहुत ऑन कर रहा है आज क्या कह रहा था मैं हाँ क्लोज लूप का मतलब यह है कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है जो भी है इसी सिस्टम में घूम रहा है ओके, okay. सो so, इसमें जो भी पानी है उसका एक वॉल्यूम है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता इस एग्जाम्पल में चेंज नहीं किया सकता उस वॉल्यूम को पंप ने उसी को रोटेट करते रहना है। उसी को घुमाते रहना है। ठीक है सो so, पंप जितना आ, हाँ बेटे मुझे पता पंप जितना आ, वाटर को पुश पुश करेगा पॉइंट ए पे उतना ही पंप के अंदर पानी पॉइंट डी से आएगा क्योंकि ये क्लोज लूप है अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताओ ओके बताओकेमर जमीरा ओके दिया गया वेरी गुड ओके ठीक है इसको देख लो वो जो क्लोज सर्किट वाली बात है ना उसको गौर कर लेना अच्छी तरह ठीक है वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट मैं जरा फटाफट ये कर लेता हूँ वो जो रहनम असूल हैं वहां तक पहुंच जाते हैं ठीक है आपकी इसके बात बात कौन सी क्लास है वेरी गुड कोई भी नहीं है क्लास वे ले उसके बाद अच्छा चलो फिर मैं शायद पाँच दस मिनट ऊपर ले लू ठीक है आपकी इजाजत से अगर आपको पास टाइम हो आपके कीमती टाइम में से है तो ये बात एग्जांपल आप कर लेना सवाल हो मुझसे पूछ लेना इस पे एक अगर छोटा मोटा सेशन करना पड़े तो वो भी कम कर लेंगे वो कोई इशू नहीं ठीक है, है लेकिन पढ़ के बेटे पढ़ के पढ़ के अगर समझ में ना आए तो फिर हम करेंगे सेशन वैसे नहीं अपना अब जोर लगाओ अपनी तरफ से ना अब बड़े हो गए हो जोर लगाओ फिर मैंने जनरल प्रिंसिपल्स पे आना चाह रहा हूं जनरल प्रिंसिपल्स से मैंने कोई पांच प्रिंसिपल्स बताए अच्छा बेटा एक्स्ट्रा कमेंट्स अभी ना करो ठीक है ना ऑलरेडी बेचारे यूट्यूब में राज हुआ आज ठीक है हाँ एक्स्ट्रा कमेंट्स अभी मेरा बेटा ना करो अच्छा जी तो पहला पहला ये है कि हार्ट जो है वो सीरीज में है अभी सीरीज क्या होती है सीरीज ये होती है कि हार्ट के दो हिस्से हैं राइट एंड लेफ्ट क्या ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब तक राइट साइड ब्लड पंप लंग्स में नहीं करती और वो फिरता फिर आता लेफ्ट में नहीं आता लेफ्ट वाला काम नहीं कर सकता अगर आप राइट right वाले को रोक देंगे लेफ्ट वाला भी रुक जाएगा इस अरेंजमेंट को ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा सीरीज ये सीरीज में लगे हुए ये पैरेलल नहीं लगे हुए आपने सर्किट पढ़े हैं फिजिक्स में एफ एस में शाहबाशाह ठीक है तो हार्ट चेंबर्स जो है वो हार्ट जो अरेंज किया गया है आर्किटेक्चर जो हार्ट का है वो सीरीज में है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्ट फिजियोलॉजी में एंड सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी ठीक है ये आगे शायद कभी आपको जरूरत पड़ जाए इसकी दूसरा जो ऑर्गन है वो पैरल ऑर्गन सीरीज में होते तो पता नहीं क्या होता पैरेलल में इसकी साल आप ये देखो अगर कोई आ, किसी का एग्रीकल्चर से ताल्लुक है नहीं भी है तो ये बड़ी सिंपल सी बात है आपके मैं कहता हूं चार खेत हैं एक में आपने गंदम लगाई भी है और वो सीक्वेंस में लगे हुए हैं यानी पहले गंदम वाला खेत आ जाता है फिर कपास वाला आ जाता है फिर आ, मकई का आ जाता है और फिर कोई बाघ शाग लगाया हुआ है आप का बाग लगाया हुआ ठीक है अब ये जो चार हैं वन टू थ्री फोर इनके साथ एक नहर बैरी है ठीक है बेहतर नहीं है कि वो इनके साथ बहे और इनको इंडिविजुअल एक ब्रांच दे जैसे होता है ये होता है पैरल अरेन्जमेंट सीरीज करके दिखाऊं सीरीज हो अगर वो इसके इसके थ्रू जाए यानी पहले खैर से आपका जो पहला वाला गंदुम था गंदुम पे पानी जाए फुल फिर जो बाकी बचे वो कपास में जाए फिर वो तीसरा और फिर बाघ में जाए ये है ना उठपटान बात समझ में आई बात हाँ अगर ये सीरीज में हो तो मुसीबत पड़ जाए हा मैं बात कर रहा था सीरीज वर्सेस पैरेलल की तो बॉडी में अगर आप इसको इसको अप्लाई करें तो ये भी बड़ी ऊटपटांग बात हो जाती है मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करें इसको ऐसे कि ब्लड अगर पहले मसल्स में जाए सार, सारों में हमेशा ऐसे ही हो क्योंकि सीरीज में ही लगे हुए अस मसल के बाद जनाब वो जाए लंग्स में लंग्स में नहीं लंग्स में तो चलो छोड़ो मसल्स के बाद वो जाए स्किन में स्किन में वो जाए जी में जी के बाद वो जाए किडनी में अब इमेजिन कर सकते हो तो तो कितनी मुसीबत है ये यानी एवरी टाइम द ब्लड पंप्स वो इस तरह के अपने से होके ब्लड जा रहा है नीचे पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है, सीरीज है मुसीबत है ये तो भाई जीआईटी जब आपने खाना खाया है तो ब्लड जीआईटी में चाहिए मसल में क्या डाल के करना है ब्लड को आपने हैं जी तो ये अजाब है ठीक है ना किडनी जो है उसमें एक रेगुलर सप्लाई ब्लड की जाननी चाहिए ये नहीं कि वो पहले से होते हुआते हल्का फुल्का जो बच गया वो अब किडनी में जा रहा है समझ में आ रही है बात तो हार्ट सीरीज में कनेक्टेड है वो उसकी वहां जरूरत है और ऑर्गन्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है भाई जिसको चाहिए ब्लड एक खास अमाउंट ब्लड की जाएगी उसको जिसको ज्यादा चाहिए वो टूटी थोड़ी सी खोल लें वो जो फीडिंग वैसल है उसको थोड़ा सा डायलेट कर दे ये बात करेंगे आगे यहां तक ठीक है ये पैरेंट और सीरीज समझ में आया हेलो सारे बच्चे कहाँ दौड़ गए बेटा मुझे कोई कमेंट नहीं नजर आ रहा तो आट्सएप नेट का मसला है या क्या है हेलो हेलो हेलो बच्चों सियर अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो खुद जू वाट्सएप में प्लीज आवाज आ रही है तो मैं जारी रखू मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ अच्छा ये जो बच्चा बच्चा है है है असद अली 66 आपको बेटे आवाज रही है। अगर आपको आवाज तो आ, आ आ आ रही रही रही अगर तो बाकियों को भी होगी हुए हैं कोई नहीं कर रहा या मुझे नजर नहीं आ रहे सॉरी अच्छा आप एक कॉमेंट करें जरा ताकि मुझे पता लगे Explain कर रहा हूं इस वीडियो में ठीक है तीसरी बात बेटे है, आ, के बात समझना भी जरूरी है और काफी आसान बात है हम, हमें जब इस क्लोज सर्किट में कोई आ, आ, प्रेशर और वॉल्यूम के मसाइल होते हैं मिसाल के तौर पर आ, प्रेशर अचानक ड्रॉप कर जाए इस क्लोज सिस्टम में बेटा ठीक है थैंक यू अब अब स्टॉप मैसेजिंग में और व्हाट्सएप अब इधर आ जाओ अगर आपका प्रेशर वो जहन में आपने रखनी है कि वो ट्यूबें हैं सारी और कनेक्टेड हैं। अगर सम हाउ प्रेशर ड्रॉप कर जाता तो ये बात आप याद रखें कि यू हैव द ऑप्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग टिंग द ट्यूब ताकि प्रेशर को आप आर्जी तौर पर ऊपर रख सके बढ़ा सके, रख सके। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इस ट्यूब में जो ए वाली साइड ए और बी के दरमियान जो ट्यूब है जो आगे जाके हम जिसको आर्टीरियल ट्री बनाएंगे इन शे जो ट्यूब है इसमें अगर प्रेशर अचानक सौ पे अगर नॉर्मल प्रेशर होता है मिसाल के तौर पर सौ से जनाबे 80 पे या 70 पे गिर जाए किसी भी वजह से गिर जाए लीक पंचर हो गई ट्यूब रबर की है ना पंचर हो सकती है पंचर हो गया इसमें से फ्लूड निकलना शुरू हो गया प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा पीछे से अच्छा ये ये बात समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको अब एक्सप्लेन अभी कर रहा था कि अगर उसमें पंचर हो जाता ट्यूब में और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता ठीक है तो आप बैरल ढूंढेंगे पानी का कि ओ जल्दी जल्दी लाओ बैरल भरो खोलो इसको नाट ऐसे कर पानी डालो उतने में तो प्रेशर ड्रॉप करके मामला जो है सिस्टम कोलैप्स हो सकता है ना आप क्या करोगे अगर आपके पास कोई तरीका हो कि यार प्रेशर जा, प्रेशर मैं इसका थोड़ा बढ़ा दूं ताकि ना ये जो पानी की तरसील हो रही है पूरी सर्किट में, वो जारी हो सारी रहे मेरा पंप ना उड़ जाए कहीं जल जाए आपको पता है डों पंप अगर बगैर पानी के चलाए तो वो जल जाता है आप ये समझे कि अगर आपने पानी की तरसील ना ना रखी पूरी सिस्टम में घुमाते ना रहे आप तो आपका वाटर पंप उड़ जाना है अब ये जो ये वाली साइड है ए से बी वाली साइड हो गया हैगाऊ ये, तो जाओ जाओ ये जो लीक हो गया है उसको बुलाओ पंचर वाले को बुलाओ उसके आने में भी, भी देर है अभी क्या करोगे आप दस्ती फौरन ये बहुत जरूरी बात और मैं जब उसको कनेक्ट करूंगा ना मेडिसिन से आपको सारी बात इनशाला क्लियर हो जाएगी आप दस्ती क्या करोगे आप दस्ती बेटे ये करोगे कि आप इसको ट्यूब को ऐसे करके कंस्ट्रक्ट कर दोगे थोड़ा सा जब आप ट्यूब को ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करोगे दबा दोगे तो उसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था जिसकी वजह से पानी की तरसील आगे रुक रही थी या कम हो गई थी वो दोबारा से इंप्रूव हो जाएगी बेहतर हो जाएगी वो सुराख अभी है इसमें पानी उसमें से निकल रहा है लेकिन आपने प्रे, अंदर प्रेशर को ड्रॉप होने से थोड़ा बचा लिया है बचत कर लिया आपने आपने उसको कंस्ट्रक्ट करके ना अंदर प्रेशर को कायम रखा ठीक है अब क्विक क्विकली खुदा मैं अभी रिसेंटली एक एक मैं गुजारा था अपने बच्चे को वापस ला रहा था एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया मैं रुक गया देखा तो एक लड़का बेचारा उसकी बहन थी मोटरसाइकिल से गिर गए थे बट इन ऑलवेज वेर हेलमेट खुदा का तुम लोगों को वास्ता है जो बच्चे बाइक चलाते हैं प्लीज वेर हेलमेट उस, उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी गाड़ी ने आगे ब्रेक लगाई वो यकीन करो बेचारा घुसा है उसके अंदर पीछे उसकी स्क्रीन के ऊपर उसका सर सारा घुसा है अंदर और मुझे मेरा अपना तज्जिया ये है कि जब घुसने पर नहीं उसको इतना मसला हुआ जब वो निकल रहा था ना उसमें से तो जाहिर आप शीशे टूट के नोके नुक, बन गए थी मैं चाहती